चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63 तक कर लिया था इसके आगे क्वेश्चन uh, नंबर 100 तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे मिलाते चलिए और इसके बाद देखते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब कुछ बारे में बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में फिलहाल इसमें हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है, है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है छिंदवाड़ा इंदौर रतलाम नहीं है, भोपाल में ये स्थित है ऑप्शन सी सही होगा तो जैसा कि हमने पहले बात किया था योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे इंपॉर्टेंट है एक योजना पूछी गई आकांक्षा योजना आकांक्षा योजना बेसिकली अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में कोचिंग देने से संबंधित है उनको शिक्षा देने से संबंधित है जिससे वो जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वालिफाई कर सकें उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो हमने पहले बताया था डायमंड से संबंधित दो क्वेश्चन आए एक पिछला वाला आपने देखा कि कौन सा खनिज जो है केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है दूसरा पन्ना जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है तो इसका भी आंसर डायमंड होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है तो चंबल सहायक नदी है यमुना की ठीक है तो ऑब्वियस है जो सहायक नदी यमुना की है वो यमुना बेसिन से ही संबंधित होगी तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है तो चंबल नदी से भी दूसरा क्वेश्चन आया ये जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर उनहत्तर है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है तो हमने जो एमपी रिलेटेड वीडियो बनाया था अगर आपने वो देखा हो तो वहाँ से आपको लाभ होता निश्चित मध्य प्रदेश में सोयाबीन और गेहूँ का उत्पादन बहुत अच्छा किया जाता है तो सोयाबीन है नहीं तो हम लोग टिक करेंगे गेहूँ यानी कि इसका सही आंसर होना चाहिए बी गेहूँ नेक्स्ट प्रश्न फिर से निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है जिसे बेच के पैसा कमाया जाता है तो ऑप्शन हैं गन्ना कपास केला और बाजरा तो गन्ना कपास और केले का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है आपको पता ही है लेकिन बाजरा जो है वो कोर्स मिल में आता है मोटे अनाज में आता है और उसे फूड क्रॉप्स में रखते हैं ना कि कॉमर्शियल क्रॉप्स में इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा अगला प्रश्न इजी था आप लोग गेस्ट कर सकते थे क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है ठीक इसमें अगर आप लोग ऑप्शन ई e देखें तो ऑप्शन ई e में तो सब में तीसरा मिलाया गया यानी कि नरेंद्र मोदी गुजरात से संबंधित है आपको पता भी है कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ऑप्शन ई e संबंधित है तीन से चौधरी चरण सिंह यूपी से थे तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक यानी कि विकल्प सी तो गया एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से संबंधित है यानी कि सी का ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है तो तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं दोनों सही होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तिहत्तर प्रश्न है कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी की श्रेणी में नहीं आती ठीक है ओ एन भेल सेल ये सब महारत्न में आती है पहला है भेल ये तो आती ही है अगला है कोल इंडिया लिमिटेड ठीक है उसके बाद है आई और ऑयल इंडिया लिमिटेड तो ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर की अगर बात करें हम लोग तो प्रश्न ये पूछ रहा है कमिटी फॉर कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असमेंट में सह अध्यक्ष कौन होते हैं तो जो वित्तीय क्षेत्रों के मूल्यांकन समिति है इसमें सह अध्यक्ष होते हैं रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव फाइनेंशियल सेक्रेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को कब लागू किया गया तो इसे 23 फरवरी 2018 को लागू किया गया था ऑप्शन डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न है महालेखक और महान नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कि उसका कर्तव्य होगा उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह है बिल्कुल सही है और राज्य के जिन राज्यों में विधानसभा है विधानमंडल है वहाँ पे भी ये लेखा परीक्षा कर सकता है ये भी सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों नेक्स्ट प्रश्न फैक्चुअल है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो राजीव कुमार जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे ऑप्शन ए करेक्ट होगा अगला प्रश्न है राज्य राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके नियुक्ति की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है इस समिति में कौन शामिल नहीं होता सीएम विधानसभा अध्यक्ष गृह मंत्रालय के प्रभारी और राज्यपाल तो इसमें राज्यपाल नहीं शामिल होता बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि नियुक्ति ही राज्यपाल करता है तो वो समिति में शामिल कहाँ समिति की अनुशंसा ये तीनों मिलकर करते हैं इसके साथ एक और सदस्य भी रहता है नेक्स्ट प्रश्न है एनजीटी के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो कितने दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है तो इसका सही आंसर होगा नब्बे दिन ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट प्रश्न है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है तो ये है एनएफएसएम एफ ठीक है फूड सिक्योरिटी मिशन दो के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है अगला प्रश्न है कौन से पड़ोसी देश में तख्तापलट किया गया फरवरी 2021 में तो म्यांमार में किया गया था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट प्रश्न ने है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है ये लुसाने में है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री स्पोर्ट्स वाले से देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी उन्होंने जीता था ऑप्शन ए करेक्ट है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार सर्वोच्च हैं तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन ए करेक्ट होगा द्रोणाचार्य जैसा कि आपको पता है कि ये गुड़ दक्षिणा के मामले में ही आगे इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि अर्जुन के गुरु थे तो अर्जुन पुरस्कार सिष्य को दिया जाएगा और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रशिक्षक होगा उसको आम बात है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है तो ये जबलपुर में है ऑप्शन सी सही होगा नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान इस राज्य के जो मूल संस्थापक थे ऑप्शन ए करेक्ट होगा सत्तासी प्रश्न है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ है हालाँकि इनका राज्य ओरछा है पर इनकी राजधानी के बारे में हम लोग इसे डाउट लिस्ट में डालते हैं अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट्टी एट है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी कुंजी है ये किसने कहा था तो अलाउद्दीन के मिशन के समय जब उसका दक्षिण अभियान हो रहा था ये बात कही थी मलिक कफूर ने कि अगर हम मांडू को विजय कर लेते हैं तो वो हमारे दक्षिण के विजय की चाबी के रूप में काम करेगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक काफूर क्वेश्चन नंबर 89 है भीमबेटका को किसने खोजा था एच डी सांकलिया श्याम निगम विष्णुधर वाकड़कर और राजबली पांडे तो भीमबेटका को डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 90 है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है गोंड कोरकू भील या कोल तो भील पॉपुलेशन में सर्वाधिक है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है अगला प्रश्न इजी था आप लोग जोग्राफी में पढ़ते हैं आराम से कर सकते थे स्टेपीज मुख्य रूप से यूरोप में पाई जाती है और यूरोप के अगर किसी पार्ट की बात करें तो सिर्फ रूस दिया हुआ है इसमें तो ऑप्शन ए को हम लोग थ्री से मिलाएंगे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका मिलाएंगे वेल्स दक्षिण अफ्रीका और डाउंस ऑस्ट्रेलिया ठीक तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्री वन टू फोर ठीक है ये ऑप्शन सी में है आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू की बात करें तो सागौन के वृक्ष सर्वाधिक सागौन के वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे तो मध्य प्रदेश राज्य में आपको सागौन के वृक्ष की अच्छी खासी जो क्षेत्रफल है वो देखने को मिल जाएगा और इवन सागौन के वृक्ष से संबंधित क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही देखने को मिला है. नेक्स्ट है प्रश्न राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित डांडेल कर्नाटक में है जो राष्ट्रीय उद्यान वाला कोश वीडियो है वहां पे जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं इसे बालपकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है हेमिस लद्दाख में है सबसे ऊंचाई पर है ये तो फेमस है ही लेकिन चंदोली जो है वो महाराष्ट्र में है गुजरात में नहीं है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा ये सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर चौरानवे है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन एक करेक्ट होगा इसके आगे बात करें तो पंचानवे नंबर का क्वेश्चन ये है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं ठीक है तो गेहूँ उत्पादन तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में होता ही है ये सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत के। सही है बिल्कुल दूसरा तो है परिस्थितियाँ क्या होती हैं गेहूँ उत्पादन के लिए सु अपवाहित उर्वर भूमि बिल्कुल सही है शीतकाल बिल्कुल सही है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये भी सही है और तापमान के साथ साथ वर्षा जो लगभग है वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो ये सारी स्थितियां सही हैं ऑप्शन ए आप इसमें टिक कर सकते हैं इसके अतिरिक्त अगला ये करंट अफेयर वीडियो में हम दो, दोनों वीडियोज़ में कवर किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहां भी हमने बताया था पद्मश्री सम्मान भूरीबाई को दिया गया और किस लिए दिया गया क्योंकि वो चित्रकारी से संबंधित है इस बार पद्मश्री सम्मान उनको 2021 में दिया गया क्वेश्चन नंबर सत्तानबे की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था ऑप्शन डी करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है सात सौ पचास मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित किया गया है तो ये तो लास्ट ईयर भी शायद इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया था अगर आप लोग पेपर देखें तो रीवा में सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता सात सौ पचास मेगावाट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन की बात करें तो मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है ठीक है तो फवांगपुई जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे एक नाम नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई ठीक इसका सही आंसर होगा ये जो शताब्दी समारोह शुरू किया गया था उसका नाम है चौरी चौरा शताब्दी समारोह ऑप्शन सी करेक्ट होगा तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे पेपर को डिस्कस कर लिया है कुछ क्वेश्चन लगभग छः या सात क्वेश्चन छूटे हैं तो उन पर आ, प्रॉपरली सर्च करके उसका आंसर बता दिया जाएगा तब तक आप लोग अपने आंसर्स को मिला लीजिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आपके कितने सही हुए और उसके आधार पर गेस कर पाएँगे कि क्या जा सकती है कट ऑफ पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद